हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो जो इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी उस ट्रिक से अगर आपका कंप्यूटर फास्ट नहीं हो रहा है तो इस ट्रिक से पक्का होने वाला है तो मैंने ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्मार्ट गेम बूस्टर और एक क्विक सी ये दो चीज़ें हैं ये दो एक सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपके काम को बहुत तो बड़ा आसान करने वाले टोटल तो तो मिला के ओनली सिक्सटी एम के फिफ्टी सिक्स एम का नीचे वाला है कुछ दो एम का ऊपर वाला है और ये आपको दोनों में मिल जाएगा सिक्सटी फोर और थर्टी टू आप किसी के, के लिए भी इन दोनों को इंस्टॉल कर सकते हैं तो पहला हम आ जाते हैं अपने क्विक सीपीयू पे पहले अपना कोई सी पी ओपन कर लेना है फटाफट मेरा 64 है तो मैं 64 में यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने उन्होंने सिक्सटी फोर डाला है अब मैं आपको लिंक में दे दूँगा 64 फोर थर्टी दोनों का लिंक आप दोनों में से किसी का यूज़ कर सकते हैं ये करीबन कुछ एक मिनट का लोड लेगा ही लेगा क्योंकि आपका सारा सिस्टम चेक करने वाला है क्या क्या हो रहा है कैसे कैसा क्या चल रहा है वो तभी उसके हिसाब से आपके कंप्यूटर बूस्ट करने वाला है तो अभी वेट कर लेते हैं कुछ नज़र आप देख सकते हैं इसमें बुरा बुले टेम्परेचर दिखा रहा आपका है आपका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है आपका सी फ्यू टेम्परेचर हर एक टेम्परेचर ये शो कर रहा है आपको जैसे आपका ये जो नीचे वाला है कोर पैकिंग इंडेक्स आपका ये कम होगा आपको इन तीनों का सोपे कर देना है फ्रिक्वेंसी स्केलिंग इंडेक्स को भी आपको सोपे कर देना है हर एक को आपको हंड्रेड परसेंट सेट करने के बाद अप्लाई कर देना है अप्लाई करने के बाद क्लोज कर देना है बस यहाँ पर इतनी छोटी सी ट्रिक थी और अब आपको एक बार अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर देना है एक बार से दो बार रिफ्रेश करने के बाद अगर अपना गेम बूस्ट ओपन कर लेना है तो जैसे कि ओपन हो गया है मैंने अपना बूस्ट कर रखा है आपको यहाँ से बूस्ट करने से पहले आपको इधर परफॉर्मेंस में आ जाना है परफॉर्मेंस में आने के बाद आपको ये ये सारा सेलेक्ट कर लेना है और फिर स्कैन पर क्लिक कर देना है स्कैन कर लेना जितने भी आपके कंप्यूटर में इश्यूज, ट्विक्स ड्राइवर्स ड्राफ्ट्स जितने भी चीजें होंगी वो सारी हो जाने वाली हैं आप से भी चेक कर सकते हो आपके कंप्यूटर में क्या क्या चल सकता है कौन सा गेम चल सकता है इससे आप वो भी चेक कर सकते हो और गार्ड पे आ जाना है गार्ड पे आने के बाद एक बार आप उसे यहाँ पे स्कैन कर देना एनलाइज पे क्लिक कर देना है मैंने कर रखा है क्योंकि ये टाइम लेता है प्रोसेस तो इसलिए मैं करके नहीं दिखाने वाला हूँ बट तो आपको उस एनालाइज पे क्लिक करना है फिर तरीबन दस पंद्रह मिनट लेगा आपकी दस पंद्रह मिनट नहीं पाँच से छः मिनट लेने वाला है और आपका ये काम हो जाएगा अभी रिस्कैन पर क्लिक कर देना है और आपको सारा स्कैन कर लेगा ये सिक्योरिटी का भी है वही चेक कर लेना सारा काम कर लेना अपना चेक कर ले तो मैंने स्कैन किया था आप देख सकते हैं सारा स्कैन हो रहा है करीबन देखो बहुत टाइम ले है देखो हमने दिखा दिया है आपके सिस्टम में कौन सी जंग फाइल्स पड़ी हैं जो कि फ़िलहाल आपके कुछ काम की नहीं है और ऊपर से इसमें से वायरस का डेंजर है और ऊपर से रिस्की है तो इसीलिए लिए आप फिर देखो ऐसे डिटेल पे क्लिक कर देना आपको जो भी एक्शन लेना है आप उसके लिए डिटेल पर क्लिक कर सकते हैं डिटेल पर क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है फिर आपको दोबारा डिटेल्स पे क्लिक करके ओके कर देना देखो जिनकी भी जंग्स फालतू की फ़ाइल्स पड़ी हैं इसमें वो सबको हटा देने वाला क्योंकि टेम्परेरी फाइल्स हैं उनसे आपकी आपका डेटा जाने वाला नहीं है और ये उन सबको हटा देने वाला है आपको फिर डिटेल्स पे आ जाना है जो सिस्टम पीकस आ जाना है और ओके कर देना है ये दोनों करने के बाद और आपको फिक्स पर क्लिक कर देना है ऐसे आप फिक्स पे क्लिक करने वाले हैं ये आपको देखो पूरा क्लियर कर देगा ट्विक कर देगा और आपका सारा काम बड़ी आसानी से चलने लगेगा और फिर आपको यहाँ आप पे बूस्ट ऑप्शन देखने वाला है बूस्ट पे क्लिक कर देना मैंने बूस्ट कर दिया तो देखो मेरा 30% रिड्यूस हो गया रैम भी तो नहीं रिलीज कर दिया ड्राइवर सब अपना अच्छे से चल रहे हैं अब तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी चैनल को लाइक सेब करके लाइकन को प्रेस कर देना कि आपको आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके